उनारना रहत अहिर दड़क मुचादना से केचेद बतर तो बाराय सहा बोपे बरुदेबं बाढ़ाते तब इसम लहा चला अब भितर मेंपेहे ब इना आसना गारेट डेपे बनाव किच बना पे सापोर्टना तो ना नौ बड़ी कारण कटी उबे और विशेष करते रिक्वेस्टिंग दोया जहां जेहे अलरे यूट्यूब रो सानी मटन सेक्शन माने सानतलीज ऑपसन में अंडे आप चिकीते साबटाइटिलद ना मिटन नपाई जिनिस अब टेटेल सेनि को बोलता है क्लियर दा साते जहां अब डेवलोपार को सोफ्टेर डेवलोपार को अन को बनावना चिकीर पन्ट्स को, को, को आर भी लिप पड़ा इंग्लिस से बाला तलाते बो बार दिन इंटरन सजहार गान माने जहां को बिरुदे उन जस्ती तीना अब बो बार दिना अब पासना दानीमाराइटल कमी कमी लेखान तक कुशिया कथा तब चेहर अनाट अब खुना जस्ती गहिर मैं सिरसर धाजी जिस खेड बन कौते गुरु गंक एसका एक्टिविटी अभी जैगारे उलो आर झारखंड सेकानेड़ी झंडलर लिंक लिंक जरूर जो तो भ्रीट चेट कोता जुक्तीसम्मत बसा करे जुले मान दशाते दाग मशाते कथाते चलो जो बन कम चुको ना बन मानव चुक चुकटा बहुत नेशनल लेवल नेसनल लेवेल का भूमिका और एक्टिविटी बड़ती खातर लगती है तह भे दुखान कथा तेना जनि दिन खातरते पेड़ तो लैंब गुरु कुना पांच में मिट्ट डेट र पढ़ावना जगह इनते मुचद रेना जे व्यक्तिगत अब भित्र एपेहेड गेचा भगर बात अब भित्रेगे नाटूक साबा नीचे अब भितरें तो तो एपेह तो को तैयार वाला बोझ चेक को मतदा बेस गाना तब मत बाडाते तेज आल चिकी नुना गहिरधर नुना मार्ते पासना बतोरना तो चिका तब माने आबूम दरकार जो पासना इनको मेन तेहन स्पेशल दिन में गोटा चेच बेपे मना मना बेनताबे इनको मन का मुचाद के जोहर